डॉक्टर ए अब्दुल कलाम एक बात कही है कि हर रोज जगने के बाद आप अपने आप से पांच बात कहें कि मैं सबसे अच्छा हूं, दूसरी बात कि मैं ये काम कर सकता हूं, तीसरी बात कि ऊपर वाला हमेशा मेरे साथ है चौथी बात मैं बिना हूँ और पांचवी बात आज का दिन मेरा दिन है किसी ने क्या खूब कहा है कि वो जीत भी फीकी लगती है अगर कोई बधाई देने वाला ना हो और वो हार भी सुंदर लगता है अगर कोई अपना आपके साथ खड़ा हो किसी ने क्या खूब कहा है कि मुझे बड़ा घमंड था कि मेरे चाहने वाले बहुत हैं इस दुनिया में बाद में पता चला कि मुझे चाहते हैं सब अपने मतलब के लिए बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो बदल जाओ वक्त के साथ ही या वक्त बदलना सीखो मजबूरियों को मत कोसो हर हाल में जीना सीखो लोग कहते हैं कि अपनों के सामने झुक जाना चाहिए लेकिन सच बात तो ये है कि जो अपने होते हैं वो हमें कभी झुकने ही नहीं देते किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि चाहे देर से बनो लेकिन कुछ जरूर बनो क्योंकि वक्त के साथ लोग खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि चाहे खाना हो या प्यार किसी को थोड़ा ज़्यादा दे दो तो सामने वाला उसे अधूरा छोड़कर चला ही जाता है खाली पन्नों की तरह मेरी जिंदगी के दिन पलटते जा रहे हैं खाली पन्नों की तरह मेरी जिंदगी के दिन पलटते जा रहे हैं खबर नहीं कि ये आ रहे हैं या जा रहे हैं बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ बड़ा नौकर बनने से अच्छा है छोटा मालिक बन जाओ दूसरे के पीछे चलने से अच्छा है अपना रास्ता खुद बनाओ बिन मांगे किसी को सलाह ना दें ऐसा करने से अक्सर लोग उन बातों की भी कदर नहीं करते जिनकी उन्हें ज़रूरत होती है